हाई दोस्तों आज हम बनाने वाला है ब्रेड पकौड़ा तो ब्रेड पकौड़ा के लिए क्या क्या चाहिए देखिए चार आलू ले लिए हैं उबला हुआ और प्याज मिर्ची लाल मिर्ची गरम मसाला नमक प्याज़ धनिया पत्ता ब्रेड ब्रेड का जो बुक किया है ना वो है और कॉर्नफ्लावर और मैदा तो इसको सब को मिक्स कर देते हैं पहले आलू को तोड़ लेते हैं सही से हमको तो बहुत अच्छा लगता है ब्रेड पकौड़ा और ये तो बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा कोई मसाला वसाला नहीं और मसाला वाला भी पकौड़ा होता है तो किसी दिन और शेयर करेंगे उसका वीडियो हम बनाएंगे तो अभी फिलहाल के लिए यही बना रहे हैं बच्चे के लिए तो ज़्यादा मसाला यूज ना कर रहे हैं आप लोग भी घर में बनाइए बच्चों के लिए तो मसाला ज़्यादा यूज ना करें ताकि बच्चे लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं आलू को मिर्च काट लिए हैं तो इसमें हम डालेंगे प्याज़ धनिया पत्ता हरी मिर्च लाल मिर्च नमक गरम मसाला और सारा मिक्स कर देंगे मिला चुके हैं इसमें आप चाट मसाला भी रख सकते हैं लेकिन बट मेरा पास चाट मसाला नहीं है इसीलिए नहीं रख रहे हैं तो ये तैयार हो चुका है अब हम गोल बना लेंगे डिप करने के लिए कॉनफ्लावर और मैदा का ज्यादा पतला इसका घोल नहीं बनाएंगे देखिए ऐसा घोल बनाएंगे घोल बन चुका है इसको साइड में रख देंगे इसका हम लोग गोला बना लेंगे तो आप इसको जैसा साइज दे सकते हो वैसा दे सकते हैं इसको आप गोल भी कर सकते हैं इसको हल्का गोल करके लंबा भी कर सकते हैं तो हम ऐसा करके रख लेंगे और देखिए हाथ में चिपक रहा है ऐसे करके पूरा तो हम लोग बना बना लेंगे अब इसमें इसको डुबा कर जो ब्रेड ब्रेड का जो बुकी है इसमें हम लोग कोट कर लेंगे ऐसे करके देखिए इसी करके सारे हम लोग बना लेंगे इसको बड़े बच्चे सब कोई खा सकता है शाम का चाय के साथ नाश्ता बहुत अच्छा लगता है के सारे ऐसे बना लिए हैं अब इसको हम जाके अब हम तल देते हैं इसको तल तेल तल चलिए तलते हैं कढ़ाई गर्म हो चुका है इसमें ऑयल डाल देंगे हम लोग अब ऑयल गरम हो चुका है अब इसमें तल देंगे इसको रख लेंगे अच्छा फ्रिज भी होगा तक उसको करेंगे अच्छा से ऐसे अच्छा कलर आ गया दूसरी तरफ ऐसे लोग पका लेंगे उसको कर लेंगे अच्छा से इसको निकाल लेंगे ऐसे ही सारे तल लेंगे प्लट लेंगे। हो चुका है इसको भी निकाल लेंगे। है। निकालने आप इसको सॉस से खाइए चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस और टमाटो सॉस के साथ बहुत अच्छा लगता है आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अभी के लिए इतना ही और सारा वीडियो भी लाएंगे। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा the mm -hmm.